नमस्कार साथियों दिवाली इस बार कांग्रेस के लिए जीत का जश्न लेकर आई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की शानदार जीत राजस्थान में भी कांग्रेस की भारी मतों से जीत और बीजेपी चौथे नंबर पर और महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी से तीस हजार वोटों से जीती है तो अब जनता का मूड समझ में आ गया है जनता इस वक्त कांग्रेस को जिताने के मूड में है और हमारे उत्तराखंड में भी मुझे आने वाले समय में ऐसे ही आंकड़ों की आशंकाएं नजर आ रही हैं। बीजेपी ने जो अच्छे दिन के सपने दिखा के जनता के वोट लूटे थे वो सपने अब टूट चुके हैं और जनता को कांग्रेस के समय के अच्छे दिन याद आ गए हैं। मोदी की लहर खत्म हो चुकी है जुमलो की सरकार अब अर्श से पर्श पर आने वाली है और अब सरकार बनेगी कांग्रेस की और जीतेगा देश जय हिंद जय भारत